तो यार हम ना आज बात करते हैं मेल मर्ज की एमएस वर्ड में मेल मर्ज कितना काम का है इस वीडियो में यही जानेंगे देखो एमएस वर्ड में आप क्या है एक ही तरह का कोई लेटर है उसको बहुत सारे एड्रेस पे एक साथ भेजना है सेम टेक्स्ट रहेगा सब कुछ रहेगा एड्रेस चेंज रहेगा अब एड्रेस को क्या करें जैसे मेरे पास में ना ये एक्सल में एक एड्रेस है सभी लोगों का ये लिस्ट है लंबी लिस्ट है मुझे ये लेटर भेजना है इन लोगों को अब देखो लेटर का फॉर्मेट वगैरह सब सेम रहेगा एड्रेस चेंज रहेगा तो इस काम में आता है मेल मर्ज मेल मर्ज सेकंडों में आपका काम खत्म कर देगा देखिए कैसे करेंगे ये वाली लिस्ट मेरे पास एक्सेल है वर्ड में मेरे पास में ये लेटर है अब ये लेटर बहुत सारे एड्रेस पे डिस्पेच करना है हमें जो टू है यहाँ पे लाने हैं तो यहाँ पर क्या करना है बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बताऊंगा सिंपल वेरी सिंपल भाषा में बताऊँगा ठीक है ये मेलिंग एक ऑप्शन होता है देखिये एम वर्ड में यहाँ पे आ जाए ठीक है अभी सारे ऑप्शन डी डीहाइलाइट हो रखे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट रिसिपियंट ठीक है इस पर जाना है यहां आपको तीन चार ऑप्शन मिलते हैं टाइप न्यू लिस्ट यूज एग्जिस्टिंग तो चूंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है इसलिए हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट वाले पे क्लिक करेंगे और वो जो लिस्ट हमारे पास है उस फाइल पे जाएंगे वो फाइल मेरी यहाँ पड़ी है लिस्ट पे इसको सीधे ओपन कर देना ठीक है ओपन करने के बाद में ये आपको दिखाएगा कौन सी सीट है एक दो तीन देखिए ये मेरे पास एक ही सीट है हो सकता है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट तीन होता है तो जिस सीट पे आपका डाटा है वो डाटा वाली सीट को आपको सेलेक्ट करना है मैं इस सीट को सेलेक्ट करके सीधा ओके कर दूंगा ठीक है अभी देखो ओके okay करते ये वाले जो ऑप्शन थे मेल मर्ज के वो हाईलाइट हो गए मेरे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको इंसर्ट फील्ड ठीक है इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो फील्ड थे उस टेबल में ना फील्ड की हेडिंग हमें दिखा रहा है सीरियल नंबर नेम स्टेट तहसील डिस्ट्रिक कैटेगरी जो भी थे ठीक है सबसे पहले हमें नेम चाहिए इंसर्ट करवा दो इसके नीचे एंटर मार के फिर से आ जाओ यहाँ पे हमें इसका तहसील लेंगे एड्रेस को ऐसे लिखते हैं तहसील ले लिया इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेंगे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ले लिया इसके बाद में हम स्टेट लेंगे एंटर मारते जाओ और इनसर्ट करवाते जाओ आप देखो नाम के आगे कुछ नहीं लिखना यहाँ पे हमें देनी है इसकी ठीक है? हेडिंग देनी है इसकी देनी है, ठीक है यहाँ पे हेडिंग देनी है हमें टी ई एच एस आई एल टैक्सी ठीक है इसके बाद में यहाँ पे देना है हमें डिस्ट्रिक्ट तो यहां पे दे दो डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद में ये वाला है स्टेट तो यहां पे सिंपली कुछ नहीं करना स्टेट दे देना ठीक है स्टेट ठीक है अब ये हो गया ठीक आप क्या करना है यहां तक इंसर्ट हो गए हमारे फील्ड अब देखो प्र्यूर रिजल्ट प्रियो रिजल्ट में जाएंगे तो ये हमें दिखाई देना चाहिए ठीक है ये देखो दिखाई दे रहा है मतलब एक नंबर रिकॉर्ड हमें दिख रहा है आप देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है नंबर ऑफ ये जो रिसिपियंट है एक नंबर एक नंबर के बंदे का एड्रेस आ चुका है दो नंबर करोगे दो का आएगा तीन करोगे तीन का आएगा चार करोगे चार का आएगा पाँच करोगे पांच का आएगा अब क्या है इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो एक एक लेकिन आप चाहते हो यार पूरा को एक साथ प्रिंट कर लो तो सिंपली यहाँ पे देखो ऑटो चेक फॉर एरर वाला एक ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना कुछ नहीं करना एक फाइल बन जाएगी पूरी एड्रेस के साथ में देखो ओके किया ये पूरे लेटर जितने लोगों को जाने थे उतने लेटर बन के हमारे पास तैयार हो गया इस फाइल को सेव कर लो और कीबोर्ड से आराम से कंट्रोल पी करो और आल करके प्रिंट दे दो पूरे प्रिंट हो जाएंगे यार वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना मेल मर्ज का इससे सीधा और आसान मतलब तरीका हो नहीं सकता है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ आप जाओगे परेशान हो जाओगे है ना सिंपली ये ऑप्शन फॉलो करना मेल मर्ज लगाना प्रिंट करके देखना काम नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताना तब तक के लिए बाय थैंक यू